दोस्तों नमस्कार और आज एक बहुत जबरदस्त और शानदार रिजल्ट के साथ हम लोग आ चुके हैं जो कि छिंदवाड़ा जिले में अमृत तहसील के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आया है और मैं पूछना चाहूंगा सर, आ, सर का नाम कादर खान है एंड आज सर के यहाँ बहुत ही शानदार और बहुत ही रिजल्ट जबरदस्त रिजल्ट निकला है अपना तो सर मैं क्या पूछना चाहूंगा क्या प्रॉब्लम था अपने यहाँ पे बेटी को लगभग नौ साल से आंखों में चश्मा लगा हुआ था तो सर ने जैसा कि बताया कि नौ साल से उनकी बेटी को जो यहाँ बैठी हुई है उनको नौ, नौ साल से चश्मा लगा हुआ था आंखों के अंदर और सर आपने क्या ट्रीटमेंट वगैरह करवाया था नौ सालों में क्लब चश्मा लगवाया और बस कोई दवाई हुई तो नहीं चलती थी चश्मा लगा के मामले को खत्म कर दिया तो दवाई बोलिए नहीं चल रही थी बट चश्मा लगवा दिया था और सारी की सारी प्रॉब्लम स्टॉप हो गई थी कुछ समय के लिए बट मैं पूछना चाहूँगा सर कि इसमें आपने खर्चा वगैरह कितना क्या आया तो था अपना चार पाँच सौ रुपये का जो चश्मा आता है अपना नॉर्मली दोस्तों वो मोसदी ने लगवाया था और उस चीज़ों को नौ साल के लिए आज तक टाल दिया था क्योंकि इसके अलावा कोई बेहतर मोसदी को रिजल्ट समझ में नहीं आया था बट मैं पूछना चाहूँगा सर कि आज आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करी है आपकी कंपनी का जो आई ड्रॉप है, वो, और एक जो जो है तो यही दोनों चीजें जी हाँ। तो आज जी ने अपनी बेटी को दो चीजें इस्तेमाल करवाई हैं, जो कि लिमिटेड का एक ब्रेंड हो गया है एंड दूसरा आई ड्रॉप है और आज इन दोनों चीजों के माध्यम से इतना शानदार और जबरदस्त दबर्द, रिजल्ट निकल के आया है कि आज आप देख सकते हैं हैं अभी वो बैठी हुई चश्मा लगाती हूँ चश्मा उठाकर नहीं लगा रही तो दोस्तों आज जैसा की आपने मोसाजी के खुद मुझसे सुना कि चार से पांच दिनों के अंदर उनको रिजल्ट समझ में आ गया है और आज वो चश्मा उतार रखे उतार दिया उन्होंने और चश्मा बिल्कुल भी नहीं पहन रही हैं और पहले क्या हुआ करता था जैसे मैंने मोस जी से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि पहले जब वो चश्मा पहनती थी तो तो ठीक रहता था पर जब चश्मा उतार देती थी जब सर में दर्द होता था और चक्कर भी आ जाते थे कभी कभार बट अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या सर नहीं। नहीं हो रही है तो मौसा जी बिल्कुल हमारे साथ में बैठे हुए हैं कि पहले जो प्रॉब्लम होती थी, थी आज वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रही है और उनकी आंखों का जो ट्रीटमेंट है वो हंड्रेड परसेंट तरीके से हो चुका है बट मैं फिर से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको कितना परसेंट आराम लग चुका है सेवेंटी परसेंट आज इन चीजों के माध्यम से आराम लग चुका है तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी को जिन्होंने इतने जबरदस्त प्रोडक्ट निकाले और इन प्रोडक्ट के माध्यम से आज इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है एंड मैं अपने गुरु अपने मेंटर एंड मेरे पापा जी मिस्टर रजनीश कुमार अग्रवाल सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जिनके माध्यम से आज मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ थैंक यू सर